हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइज़ मैं आ चुका हूँ लोटस टेंपल जो कि कुछ इस तरीके से इसका गार्डन दिखता है तो प्लान हम लोग बहुत पहले से बना रहे थे कभी जाने का तो फाइनली वो दिन आ चुका है तो बहुत सारे टूरिस्टर आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए वैसे ही मैं भी आया हूँ तो ये जो गार्डन है कुछ बहुत ही यूनिक दिखता है अगर आप इसके अंदर जाते हो तो आपको आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और वो रहा कुछ होटल जो आप उसके अंदर स्टे भी कर सकते हो और इधर जो है आ, पता नहीं क्या है देख लेते हैं और यहाँ पे आप आओ तो कुछ कुछ ले कर के आओ ले कर के आओगे तो आपको कुछ नहीं अंदर आने दिया जाएगा गेट पे सब आपको ले लिया जाएगा क्योंकि अंदर कुछ भी खाना अलाउ नहीं है क्योंकि आप कचरा कर दोगे ओके गाइज सो वो रहा लोटस टेम्पल कुछ इस प्रकार से दिखता है तो चलिए और चलते हैं लोटस टेम्पल के करीब नज़दीक जाकर देखते हैं कि क्या कुछ है और कैसा दिखता है नज़दीक से तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं बने रहिए वीडियो में सब कुछ दिखाया जाएगा आपको बहुत कुछ बताया जाएगा सो बने रहिएगा और वो देखिए लोटस टेम्पल का व्यू कुछ इस प्रकार से काफ़ी और खतरनाक लुक लग रहा है इस तो कुछ ऐसा है लोटस टेम्पल यहाँ पे आपको शूज़ उतारने होंगे अंदर आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते हो कोई एक झोला दिया जाएगा उसमें आप रख करके यहाँ पे सबमिट करने होंगे और आने के टाइम आप ले सकते हो यहाँ पे मैं लाइन बनाने के लिए बोला गया था तो हम यहाँ लाइन में खड़े होकर जा रहे थे और ऊपर आने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखता है इसका पानी आप देख सकते हो ब्लू रंग का एकदम तगड़ा वाला दिख रहा है और ये है इसका चारों तरफ से व्यू लोटस टेंपल का और यहाँ पे हमें खड़े करा करके कुछ बताया जाएगा जो कि लाइन लगाया जा रहा है हम भी लाइन में लगेंगे और अब फिर यहाँ पे दो चार मिनट का इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमें सुनना है कि क्या अंदर करना है क्या नहीं करना है तो वो बताया जाएगा तो देखते हैं कि और क्या होता है तो गाइज अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था फ़ोटो खींचना भी अलाउ नहीं था यहीं पे हमें दो मिनट से रेस्ट्रिक्शन्स मिल रहे थे कि आपको अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं है पाँच मिनट दस मिनट के लिए आपको शांत रहना है और अंदर जाना है कुछ चेयर्स लगे हैं और उस आपको बैठना है दस मिनट पाँच मिनट और उसके बाद आपको वहाँ से बोला जाएगा जाने के लिए फिर आपको चले जाना है उसमें बिल्कुल भी आपको श्योर नहीं करना है और आपको वहाँ पे फ़ोटोज़ भी नहीं खींचने दिया जाएगा तो ये ध्यान रखें आप लोग और उसके बाद यही है लोटस टेम्पल और ये रहा इसका गार्डन जो कि काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा है मुझे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा यही है लोटस टेंपल जो कि बाहर से काफ़ी खूबसूरत दिखता है तो देख ही सकते हैं आप लोग तो लोटस टेंपल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मिलते हैं नेक्स्ट के ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू वेलकम